मजा नहीं आ रहा है। तो लेकिन बजा दे म्यूजिक। लगता है नाग देवता से मिलने के लिए बहुत दूर से आए थे अरे भाई थैंक यू बियर की बोतल मेरे ऊपर फेंकने के लिए लेकिन बियर मैं नहीं पीता